ये देखो हरामी कैसे भागते हुए आ रहा है मतलब थोड़ा भी इसे डर नहीं है पर कोई बात नहीं खोपड़ी पे एक पत्ता लगा और भेंट का आप को नॉक मिल चुका है देखो अंदर भागने की कोशिश में इसकी तो वाट लग गई है पर पूरा मारेंगे नहीं तो इसको आप को मतलब क्या है मतलब चलो बोलने का आप उनको नहीं है ये देखो ऑफलाइन आ रहे बहुत ये कैसे ऑनलाइन आ गया पहले तो ऑफलाइन लगा और मार भी रहा है चलो कोई बात नहीं इसने आप उनकी बेडी डाली आप करिए लाइक चल सकता